ना है तो बहुत है। बहुत डेंजरस मेरे परमिशन के बिना राधे मुआ एक और प्रोमो जिसमे देखने को मिली भरपूर कॉमेडी सो हाई गैस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल फिर से सो जैसे कि फाइनली अब मेगा स्टार सलमान खान के अपकमिंग मूवी राधे से जुड़े बैक टू बैक प्रोमोस रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए गए हैं और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे राधे मूवी से रिलेटेड प्रोमोस रिलीज किए गए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और वहीं अब जाकर एक और नया धमाकेदार प्रोमो रिलीज किया गया जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा इसमें सलमान और जेके दोनों के बीच की बॉन्डिंग हमें दिखाई गई है और इस प्रोमो को देखकर कर ये बात क्लियर हो चुकी है कि राधे फिल्म में जेके श्रोफ़ का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और जैसा कि दिशा पाटनी जेके श्रोफ़ की बहन है तो वो भी इस प्रोमो में देखकर हमें पता चल रहा है सो फ्रेंड्स राधे मूवी से रिलीज हुआ सलमान खान जेके श्रोफ़ का नया प्रोमो आपको कितना ज़्यादा पसंद आया इस फिल्म के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड जो भी कुछ करना चाहते हैं सारी बातें हमें नीचे कॉमेंट्स का यजो बताइए